पैस कैसे हो आप सब लोग दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा थंबनेल कैसे बनाते हैं थंबनेल दोस्तों यूट्यूब वीडियो के लिए बहुत ज़रूरी होता है और थंबनेल अगर आपका परफेक्ट होगा तो वीडियो पर व्यूज़ भी ज़्यादा आएंगे तो चलिए दोस्तों मैं शुरू करता हूं आपको कि थंबनेल कैसे बनाना है इसके लिए दोस्तों आपको वी जो मैं नॉर्मल यूज़ करता हूँ अभी और किसी को अगर स्टार्टिंग में थमलैन बनाना भी नहीं आता है तो हल्का जहाँ नॉर्मल डाल के थमलिन बना सकते हैं और वीडियो भी डाल सकते हैं तो उसके लिए दोस्तों हम एक सॉफ्टवेयर जैसे मैंने स्टार्ट जो अपना ऐप है वो मैंने यहाँ पर डाउनलोड किया उस ऐप के बारे में मैं आपको बताऊंगा जिसका नाम है दोस्तों पिक्सलैप तो पिक्सल ऐप को आप दोस्तों या तो प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर सकते हैं या इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों मैं सिंपली इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मैंने पहले अपना थम्ब्रेल बनाया था ये एक नॉर्मल था इसके लिए मैं ओके पर क्लिक करूँगा एक्सैड हो जाएगा चलिए अब हमारा ये न्यू जो थम्ब्रिल का सिस्टम यहाँ पर ओपन हो गया है तो हमें स्टार्टिंग से जो थम्ब्रिल बनाना होगा दोस्तों तो पहले ये जो लिखा हुआ है न्यू टैक्स इसको आपको दो बार प्रेस करना है तो इसमें आ जाएगा अब आपने इसमें लिखना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि थम्ब्रिल कैसे बनाएँ तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा थंबनेल कैसे बनाएं ये दोस्तों मैंने यहाँ पर लिख दिया और ओके पर क्लिक कर दिया तो ये यहाँ पर आ गया जनवली अब आपको जो देखना है कि इसमें हम जो इसका फॉन्ट कैसे चेंज करेंगे तो ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ए लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए दोस्तों थोड़ा हम साइड में जाएँगे जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक फ़ॉन्ट आ जाएगा ये रहा अब फ़ॉन्ट पर आपने क्लिक कर दिया तो यहाँ पर जो भी आपको फ़ॉन्ट रखना होगा वो रख सकते हो और जो आपको अच्छा लगे वो रख सकते हो तो मैं यहाँ पर एक समझे आपको ये वाला फ़ॉन्ट मैं स्टार्ट करूँगा और ओके पर क्लिक करूँगा अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आप इसे छोटा बड़ा भी कर सकते पहले तो क्योंकि किसी को समझ में भी नहीं आएगा अब ये मैंने छोटा बड़ा कर दिया यहाँ पर इसे यहाँ पर जैसे आपकी इच्छा हो वैसे सेट कर सकते हैं यहाँ पर मैंने सेट किया इसको सेट करने के बाद अगर आपने इसमें कलर चूज़ करना है तो यहाँ पर हम जाएंगे साइड में ये दोस्तों एक कलर लिखा हुआ कलर पर क्लिक करेंगे और मैंने यहाँ पर रेड कलर कर दिया तो ये तो हमने जो है रेड कलर का हो गया और थोड़ा डार्क करेंगे जो डार्क का भी हो जाएगा आपको जो कलर पसंद आता हो आप वो भी कर सकते हो और नहीं भी अगर आपको यहाँ पर जो है इसका फॉन्ट सही नहीं लग रहा है तो फ़ॉन्ट को आप चेंज भी कर सकते हो दोबारा फॉन्ट पर क्लिक करेंगे फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे जी लीजिए ये वाला फॉन्ट मैं लगा देता हूँ दोस्तों तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा ये भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है मैं फिर से इसे चेंज करूँगा और वही रहने दूँगा आपको जो अच्छा लगता हो आप उसे कर सकते हैं ओके पर क्लिक करेंगे तो ये बन गया आपका जो है स्टेटस आपको इसको साइड स्क्रीन में रख लेना है यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका ये सेट हो गया तो इसके बाद आपने दूसरा जो ऑप्शन लगाना है कि जैसे मैंने कोई इसमें इमेज लगाना है या हमारा जो टाइटल होता है जैसे यूट्यूब का चैनल का तो वो लगाना है तो हम प्लस पर क्लिक करेंगे फ्राम गैलरी पर जाएंगे ताकि हम उसे वहाँ पर लगा सकें जैसे मैं दोस्तों इस पर सेट किया आ, ये आपको अपना अच्छे तरीके से यहाँ पर सेट कर लेना है इसको ये ओके अब राइट पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर ऑप्शन आ गया अब इसे आप छोटा करें बड़ा करें वो कर सकते हैं इजिली यहाँ से जैसे ये मेरे मैंने इसे बड़ा छोटा कर लिया अब आपके चैनल का जो भी नाम है या आप इसका स्ट्रक्चर चेंज करना चाहते हैं पीछे का वॉलपेपर तो यहाँ पर चौरस पर क्लिक करेंगे आप गैलरी से भी कोई भी वॉलपेपर लगा सकते हैं पीछे से अगर नहीं लगाना चाहते हैं तो रहने दे सकते हैं यहाँ पर सिंपल से लगा सकते हैं जैसे मैंने ये लिख दिया दोस्तों अब यहाँ पर जैसे मैंने बैक वाला इसका वॉलपेपर चेंज करना है तो मैं ये यहाँ कर दूँगा तो ये आप शायद मुझे अच्छा लग रहा है आप दूसरा भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो ये भी कर सकते हो जो वाइट वाला कोई भी कलर आपको अच्छा लगे वो यहाँ पर आप कर सकते हो पर मुझे जो अच्छा लग रहा था वो यहाँ पर ये वाला ठीक लग रहा था तो इसको आप सेट करेंगे यहाँ पर फिर क्लिक करेंगे राइट पर जो ऑप्शन है आपको अच्छा लगता है तो भी ठीक है नहीं तो यहाँ पर फिर क्लिक करेंगे राइट पर उसके बाद दोस्तों हम सोचते हैं कि यार मैंने इसको हिंदी में लिखना है इंग्लिश में लिखा हुआ है तो आप दोबारा यहीं पर जाएंगे ए पर क्लिक करेंगे और टैक्स पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए टैक्स आ गया यहाँ पर आपका डबल टैप करेंगे फिर दोबारा से वही लिखेंगे तो मैं यहाँ पर जाऊँगा ये जो इंग्लिश लिखा है इसे प्रेस करेंगे और ये चाइनीज़ लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज जो भी आप करेंगे यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज सेटिंग करेंगे तो मैं हिन्दी पर क्लिक करूँगा ये मैंने दोनों ही कर लिए इसमें तो चाइनीज़ को हटा दिया मैंने बैग जाएंगे अब ये देखिए तो यहाँ पर दोस्तों आपको लिखना कैसे है कि थम्बनेल कैसे बनाएं तो यहाँ पर आपको हिंदी में जो लिखना है वो लिख सकते हैं तो मैं यहाँ पर आपको चलिए मैं बताता हूँ तो दोस्तों मैंने इसे हिंदी में भी टाइप कर लिया है फ़ोंट अगर आप चेंज करेंगे तो फिर से हम वहीं फ़ॉन्ट पर जाएंगे और इसे चेंज करेंगे आपको हिंदी भी सही लगता हो वो भी कर सकते हो अगर आपने इंग्लिश में रखना है तो आप वो भी कर सकते हो मैंने इस पर क्लिक किया उसके बाद दोस्तों मैं इसे यहाँ पर बड़ा करूँगा अगर आप इसमें कलर लगाना चाहें तो कलर भी लगा सकते हैं दोबारा से कलर तो यहाँ पर दोस्तों ये सेट हो गया है जैसे आप इसे जैसे भी चेक करना चाहे चेक कर सकते हैं सेट करना सेट कर सकते हैं तो हमने ये सेट कर लिया है मैं दोस्तों आपको एक प्रोफेशनल थंबनेल नहीं बता रहा हूँ एक नॉर्मल बता रहा हूँ क्योंकि कई बार होता है कि हम यूट्यूब का वीडियो यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं तो हमें थमलेन बनाना नहीं आता तो दोस्तों हर किसी को नहीं आता वो स्टार्टिंग से ही सीखता है मैं भी ऐसे ही सीख रहा हूँ स्टार्टिंग से और आपको बता रहा हूँ कि आप जो स्टार्टिंग से करेंगे तो उसके बाद परफेक्ट बना सकें तो आप फ़िलहाल नॉर्मल बनाना सीखें उसके बाद परफेक्ट भी आपको आ जाएगा तो मैंने इस पर एक क्लिक कर दिया उसके बाद देखिए दोस्तों कि आपको जो थमरे ने यहाँ पर एक वीडियो की ज़रूरत वीडियो नहीं सॉरी उसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको फ़ोटो की अगर आप कोई फ़ोटो लगाना चाहें तो फ़ोटो भी यहाँ पर लगा सकते हैं तो आप मैं आपको फोटो तो गैलरी दोबारा वहीं पर जाएँगे इस पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर जाना होगा राइट पर क्लिक करेंगे और ये थंबनेल का बने स्ट्रक्चर लगा दिया तो दोस्तों आप ऐसे थंबनेल का स्ट्रक्चर भी लगा सकते हैं कि YouTube वीडियो के लिए थंबनेल कैसे बनाएं और ये प्रॉपर हमारा बनकर तैयार हो गया अगर आप इसे साइज़ के अकॉर्डिंग देखना चाहें तो यहाँ पर साइज के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं और आप अगर आप इसे सेव भी करना चाहें तो सेव ही कर सकते हैं सेव करने के लिए दोस्तों यहाँ पर क्लिक करेंगे और सेव पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा जो एक थमलेंद बन का तैयार हो गया है दोस्तों ये हमारा थमलेंद बन का तैयार हो गया है तो ऐसे दोस्तों आप पिक्सल लेप से भी अपने लिए यूट्यूब के लिए बहुत अच्छा थमलेंट बना सकते हैं और दोस्तों ये लिखा है सेव प्रोजेक्ट अगर इस पर आप क्लिक करते हैं तो प्रोजेक्ट का नाम भी लिख सकते हैं और नहीं भी तो ओके पर क्लिक करेंगे तो ऐसे हम एक थमलेन बना सकते हैं दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें कॉमेंट करें और आगे भी शेयर करें